थकीरी थकीरी तो ये आशिक मस्त फकीरी के ये दुनिया से, से मोहब्बत कम करते लवला की हर नाम से तो देख सुधबीर तो तो तो हरते सोना सो है, है तो है खजाना भर बर के, बर के क्या, क्या जिंदगी की किरा में रंग जो जंग के मेले ये भीड़ है अयामत की और हम अकेले हैं जिंदगी की राह में गिरा हास We yeah. are. तो oh ये yeah. दादू दयाल महाराज की, माता की, माता की, हाथ उठा करके